तो यार आज बहुत देर और बहुत दूर जाना है लेकिन यार नींद लगी हुई थी कि रुकने पाया तो गाइज तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और हम जैसे जैसे नए नए ब्लॉग्स डालेंगे वो सभी आपके पास फटाफट आ जाए तो चलिए गाइज मैं भी रेडी हो लेता हूँ तो दोस्तों दिन के साढ़े बज चुके हैं और रेडी हैं बाहर निकलने के लिए अभी तक खाना नहीं खाया लेकिन लेता हूं ताकि इधर लेता रात में हमें तो ले तो तो साथ चलने के लिए दोस्तों तो अब हम पूरी तरह से तैयार है बाहर निकलने के लिए एक छोटी ओ माईकोड ये बंदा आ गया यहाँ पे मुझे लग रहा है बाहर ओह देखिये ये यहाँ पे चल रहा है इस बंदे को मैंने बोला था कि बाहर निकलना है लेकिन तो गाई सी बंदा तो मानने वाला नहीं है लेकिन हम लोगों को ही निकलना होगा अभी हम रेडी है पूरी तरह से खाना वाना खा चुके हैं ऐसे ही में मजाक कर रहा था तो चलो चलते हैं छोटी सी यात्रा आओ लोगों की एक से आदमी घर से निकलने के बाद लगभग एक घंटे की दूरी तय करने के बाद हम पहुंचे हैं इंडिया गेट वैसे आज का प्रोग्राम हमारा मुगल गार्डन का था लेकिन कुछ कारणों की वजह से हम वहां पर नहीं जा सके तो उसके बाद हमने अचानक से अपना प्लान चेंज किया और पहुंच गए हम इंडिया गेट दोस्तों इंडिया गेट नई दिल्ली के राजपथ पर स्थित एक विशेष द्वार है यह द्वार स्वतंत्र भारत का राष्ट्रीय स्मारक है अंग्रेजों के ज़माने में इसको किंग्स कहा जाता था इसका डिज़ाइन इंग्लैंड के महान आर्किटेक्ट एडविन लैंडशियर ल्यूटसन ने तैयार किया और दोस्तों एक बात और मैं जो आपको बताना चाहूँगा अगर आप इंडिया गेट की तरफ जा रहे हैं तो अभी वहाँ पर आप ना जाएं क्योंकि वहाँ पे मरम्मत का खाद्य ज़ोरों शोरों पर है जिसकी वजह से इंडिया गेट के चारों तरफ आम जनता का प्रवेश निषेध कर दिया गया है अगर दोस्तों आप इंडिया गेट के आसपास के क्षेत्र का आनंद लेना चाहते हैं तो आप वहीं पर स्थित युद्ध स्मारक का लुत्फ ले सकते हैं दोस्तों भारत सरकार ने अपने आसपास के क्षेत्र में अपने सभी सशक्त बलों को सम्मानित करने के लिए इस स्मारक का निर्माण कराया था अभी साल 2019 में 25 फरवरी को इंडिया गेट के पास स्थित नेशनल वॉर मेमोरियल को राष्ट्र को समर्पित कर दिया गया था दोस्तों जैसे ही आप इंडिया गेट के पीछे की तरफ चलेंगे तो आपको तो सामने की तरफ लौहो स्तंभ पर चार से सामने से बैठे दिखाई देंगे और तो उसके पास में भी भारत का राष्ट्रध्वज थलसेना जलसेना और वायुसेना के तीनों झंडे नाते हुए दिखेंगे और यहाँ पर जो गार्डन तैयार गए हैं दोस्तों वो गार्डन मुगल गार्डन की ही तरह पर्यटकों को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं I can't do that. चीन श्रीलंका कारगिल और अन्य युद्धों में शहीद हुए सैनिकों के नाम यहां के पत्थर पर सह सम्मान अंकित किए गए हैं जो जानकारी आप लोगों के साथ साझा की है आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी हमें उम्मीद है आप अपना प्यार हमेशा यूँ ही बनाते रहेंगे अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं जिससे हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द आपके पास पहुँच जाए वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू वेरी मच